तन तना टन तन, तन, तन तारा चलती है क्या नौ से बारह नौ से बारह वाह क्या गाना गाया है मैंने मैं देख पा रहा हूं उजित जी भी बैठे हुए हैं यहां पे मुझे बताया नहीं गया था सर दस मिनट बाथरूम जाएं मेरे लिए इजी हो जाएगा वैसे ये सिलाई मशीन हमारे पाव के नीचे कम लग गया हमको पता नहीं सर जा वाह कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं थोड़ा नीचे हो जाए पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा ये हंसी मजा काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो तो सौ करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी तो फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में पता नहीं <laughs> ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो आप फराह खान जी को देख लीजिए उनको सौ करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली उन्होंने और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं फिर ऐसी कमाई करते हैं चार पांच साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में चार पांच साल निकल जाते हैं और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं आपने पी के साढ़े करोड़ बना लिया सर साजिद नाड्याडवाला साहब इनकी तो बात ही अलग है आप स्कूटर को भी किक मारे ना तीन चार किक लगती स्टार्ट होने में इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर इनके लिए भी जोरदार के मंदिर का रास्ता है बहुत दूर किसी रोते हुए को हंसा देना और अगर रास्ते में अरिजीत मिल जाए तो मंदिर ही जाना क्योंकि वो नहीं हंसेंगे लड़के लड़के उनके गाने सुनकर रोते हैं बाकी सिंगर कभी कभी ये सुनकर रोते हैं कि यह गाना भी उनको मिल गया अरिजीते रहो वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही आपको तो पता है अनुपम जी लेकिन आजकल नॉर्मल गानों में भी लिरिक्स ऐसे होते हैं जैसे लग रहा है बातें कर रहे हैं लोग एक गाना है कुंडीना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा लिखा है मतलब ये बात हो रही है वाले बाबू मेरा गाना बजा दो रिक्वेस्ट है इसका गाना बना दिया स्पीकर का वॉल्यूम तेज पसंद है बताओ उसको तेज पसंद है तो इसके ऊपर गाना बनाओगे क्या लेकिन स्पीकर हो या लाउड स्पीकर सोच समझ कर दिया चाहिए नहीं तो सिर मुंडाना पड़ सकता है हमारे दोस्त सोनू जी नहीं आए आज यहां पे। है जल्दी सो जाते हैं सुबह जल्दी उठना होता है उनको आजकल ये जो जनरेशन है आप देख रहे हैं गानों के नाम पे रैप जो है बहुत कॉमन है पहले गाने लिखने में टाइम लगता था लोग ऐसे ऐसे करके लिखते थे आजकल रैप लिखता है ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है की पहले भी लिखता है कर, कर, being, finger, गाना था। मैं आज आपको एक चीज बताने आया हूं कि मेरा हर गाना पहले रैप होता था बस उसमें थोड़ी सी मेलोडी निकाल लो तो वो रैप बन जाएगा और जो गाना है मेरा एक गाया हुआ मैं निकला गड्ढी के रास्ते पे सड़क में एक मोड़ आया मैं छोड़ सर मैंने 10-12 सुर गलत लगाए हैं उसके लिए माफी कीजिए 8 सुर के गाने में लेकिन इसमें से अगर मेलोडी निकाल दें वैसे लड़कियों सेल्फी तो अभी आई है मैं तो कब का पाउडर बना बैठा बैठा इसमें अगर मेलोडी निकाल दी जाए तो यह गाना होगा मैं निकला गड्ढी ले के रस्ते में सड़क पे एक मोड़ आया मैं गड्ढी उसे छोड़ आया ओरिजिनल गाने में था तब गुजरा अमृतसर रात में गए तो तब गुजरा अमृतसर अमृतसर ऐसे लग रहा है वापिस से वो यूटर्न मार के वापस आ गया अमृतसर पहुंचा नहीं रैक में क्या होता है हमने देख लिया मान लीजिए आपने एक 10 किलो का वेट लिया पीछे बांध लिया आप पीछे गिरेंगे ऐसे और तीसरा दिन है आपकी स्विमिंग क्लासे का आप सीख रहे हैं ऐसे करके ठीक है और गाना बीच बीच में अगर आपको भूले तो बीच में यो आते यो, रहिए पहले गाना गाते थे भूलते थे तो लोगों को पता चलता था भूले लेकिन नहीं अब नहीं अब यो आए लोगों को लग रहा है गाना चल रहा है गाना था हमारा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर अब देखिए पापा पापा में पापा को अटकाइए अटकाइए तो रैप चलेगा पापा पापा पापा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई ना जान मेलोड निकाल लीजिए रैप बन जाएगा और जहां भूले वहां कीजिए यो, यो, लोगों को लगेगा चल रहा है आपको भी सिखा सकता हूँ अगर yes. ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता है तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती यू यू पनिश मी लाइक दिस आर लुकिंग ब्यूटीफुल सब माफ है तो दाद दस कत्ल माफ है आपको थैंक यू साहब as i actually came because you were hosting how sweet aise mat bola karo gareeb aadmi mar jata itni khuli cheeze mile na unko nahi bardasht hota aap nahi samajhte hamari problem okay should i give the award away yes please okay and the award for best actress in a drama series goes to dipika singh for dia or baki ham थैंक यू मेरे जितने भी फैंस है जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया I'm really blessed कि मुझे इतने positive लोग मिले हैं Thank you. Thank you so much. भगवान करे है? है, हिंदुस्तान में बैठी आराम से कई बार जानबूझ के भी करती है थोड़े सी अच्छे कपड़े पहने जानबूझ के बीच में से निकलती है वेरी अक्षे सर जी फॉरन बैठिए हमें पता है कोई बात नहीं टीवी एक्ट्रेस का काम जो है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें तो देख के टीवी एक्ट्रेस का काम जो होता है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं लड़के तो कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं बीच में एक आध लफ्स आता बाबू अच्छा बाबू पे ऐसे रिएक्शन देते जैसे बाबू को माँ के कपड़ों में देख लिया हो नहीं है कैसे ताली मार रहा है ऐसे ताली मार रहा है मिस हो रहा है ऐसा मारते हैं ताली ऐसा मार रहा है अच्छा रैप की अच्छी बात एक खास बात जो तो लास्ट बात है वो ये है रैप में आप यो यो आ आ करते रहिए आप इंस्ट्रक्शन भी दें तो लोगों को लगता है गाना चल रहा है इधर आ इसे उठा तो चल खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया ओ भाई खत्म हो गया सच में खत्म हो गया